ध्रुव बहुत देर तक तो कमरे में बैठा हैरानी में दरवाजे की तरफ ही देखता रहा उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस करिश्मे से वो आज टकराया था वो कोई और नहीं बल्कि अंदरूनी हिस्से की सबसे ताकतवर स्टूडेंट थी फिर कुछ पल बाद ध्रुव खुद को संभालकर अचानक से मुस्कुराने लगा कि उसकी किस्मत भी कैसी अजीब थी तभी ध्रुव ने कुछ सोचते हुए कहा वो लड़की तो कितनी प्यारी है न जाने ब्रूना उसके नाम से इतना खौफ क्यों खा रहा था हाँ मानता हूँ कि उसकी ताकत के हिसाब से वो आसानी से हिस्से की सबसे ताकतवर स्टूडेंट बनने के लायक है बल्कि उसकी खतरनाक शक्तियों को देखकर तो मुझे लगता है कि शायद कोई ताकतवर शक्ति मान तक उससे मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा ध्रुव इस बारे में सोच ही अंगूठी से विदुर की, सुनाई पड़ी। वैसे तो इस लड़की की शक्तियां ज्यादा कि इसे कोई यकीन ही ना कर पाए लेकिन तुमने शायद एक बात पर गौर नहीं किया कि यह पूरी तरह अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करती है अभी तक तो इसने अपनी शक्तियां बाहर भी नहीं निकाली इस पर ध्रुव भी इस बारे में सोचने लगा और फिर उसने आचार्य से सवाल किया तो आचारे क्या आपको पता चला की कि करिश्मा आखर किस मूल शक्ति की तिलस्मी जानवर है? अपने अस्वीर में नहीं आ जाती कोई इंसान इस बात का तो पता लगा ही नहीं सकता की कौन सी मूल शक्ति की तिलस्मी जानवर है लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया कुछ ज्यादा ही खास थी रैंक जितना ताकत पर होना बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे इसने सौ साल तक ट्रेनिंग की हो इसलिए जरूर कोई अनोखी तिलस्मी जानवर होगी आचार्य की बातों से ध्रुव भी इस बारे में सोचने लगा वैसे तो करिश्मा की असली ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक थी लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग सच में किसी बारह या तेरह साल की लड़की का ही था फिर ध्रुव ने करिश्मा के बारे में सोचना छोड़कर अपना पूरा ध्यान वापस जड़ी बूटियों पर लगाया जो फिलहाल उसके सामने रखी थी जाहिर सी बात है कि ध्रुव को भी अपनी काबिलियत पर इतना गुरूर नहीं था कि वो सोचने लगता की पहली बार में ही वो ड्रैगन स्ट्रेंथ बिल बनाने में कामयाब हो जाएगा इसलिए अच्छा ही हुआ कि उसने बुजुर्ग डाबरा से दो जोड़ी जड़ी बूटियां मांग ली थी तभी ध्रुव ने मनी मन सूचते हुए कहा इस दवा को बनाना तो सच में मेरे लिए बहुत मेहनत का काम होने वाला है लेकिन आइस फायर फ्रूट के लिए मुझे ये तो करना ही होगा इतना कहकर उसने एक बार फिर अपने हाथों में हरे रंग की रोशनी जलाई और फिर उसे सीधे कढ़ाई के अंदर फेंक दिया कुछ पलों बाद उसने अपना पूरा ध्यान कढ़ाई के अंदर केंद्रित किया जिसके बाद वो रैंक पांच की दवा बनाने लगा ध्रुव यह बात अच्छी तरह समझता था की ड्रैगन स्ट्रेंथ बिल को बनाना करिश्मा के लिए बनाई गोलियों से सौ गुना ज्यादा मुश्किल काम था वो तो ध्रुव की किस्मत थी की अब वो द्रोण रैंक का योद्धा बन गया था जिस वजह से उसकी शक्तियां काफी बढ़ गई थी इसके अलावा बढ़ी हुई शक्तियों के चलते ध्रुव देख पा रहा था कि वो रोशनी को भी ज्यादा बेहतर तरीके से काबू करने लगा था यही वजह थी कि इस बार दवा बनाने में ध्रुव को उतना वक्त नहीं लगने वाला था जितना कि उसे हाशिम के साथ मुकाबला करते वक्त लगा था लेकिन ध्रुव के माथे से लगातार निकलते पसीने को देख यह साफ समझ आ रहा था कि उसे ड्रैगन स्ट्रेंथ बिल बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी उसके बाद उस जादुई कड़ाई में हरे रंग की रोशनी चलती रही और जैसे जैसे उसकी आँच बढ़ने लगी वैसे वैसे ध्रुव उसमें जड़ी बूटियां डालता गया इसके साथ ही वक्त बीतता रहा और उसके सामने रखी जड़ी बूटियाँ कम होती गई ध्रुव को दवा बनाते हुए काफी वक्त बीत गया था जिसके बाद ध्रुव ने देखा कि वो दवा आखिरकार तैयार होने ही वाली थी तभी ध्रुव ने देखा कि उस कढ़ाई में एक लाल रंग की चमकती गोली दिखाई देने लगी जिसे बाहर खींच ध्रुव ने एक बोतल के अंदर बंद किया लेकिन बोतल में भरने से पहले ध्रुव ने उस पर गौर करके देखा की वो पिछली बार जितनी ही असरदार थी या नहीं ऐसा करते ही ध्रुव ने उस बोतल को अपनी स्टूडेज अंगूठी में डाल दिया वैसे तो ध्रुव ड्रैगन स्ट्रेंथ बिल बनाने में कामयाब हुआ था लेकिन इस दौरान उसने एक जोड़ी जड़ी बूटियां भी बर्बाद कर दी थी मगर इसके बावजूद जमीन पर गिर गया दरअसल वो फिलहाल इतना ज्यादा थक चुका था कि उसके पास खड़े होने तक की हिम्मत नहीं बची थी इस बात के चलते ध्रुव ने धीरे से अपनी स्टोरेज अंगूठी में से ताकत बढ़ाने वाली गोली निकाली और उसे सीधे अपने मुंह के अंदर डाल दिया ऐसा करते ही ध्रुव अपने शरीर की थकान को नजरअंदाज कर तुरंत पालती मारकर बैठ गया और इस तरह उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी ध्रुव अब तक समझ गया था दुग्ना फायदेमंद साबित होता था इसने ध्रुव को महज एक घंटे की ट्रेनिंग लगी जिसमे उसने अपनी खाली शक्तियों को पूरी तरह भर दिया इसके साथ ही ध्रुव को एक बार फिर चुस्ती का एहसास होने लगा और वो अपनी रगो में ताकतवर शक्तियाँ बहती हुई महसूस करने लगा इस बात से ध्रुव के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई दे रही थी इस चट लगी इसके बाद चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ ध्रुव ने अपनी स्टोरेज अंगूठी को रगड़ते हुए कहा अब जो की मुझे आइस फायर फ्रूट मिल ही गया है जिसकी मुझे तलाश थी तो अब मुझे बस एक चीज की और दरकरार है तैयार करने के लिए और वो चीज है रैंक के जल मूल शक्ति वाले जानवर का, हाँ, का मतलब आचार्य आखिर मुझे ऐसी अनोखी चीज मिलेगी कहा वही ध्रुव की बात में छुपी परेशानी को सुनकर आचार्य विदुर ने उसे समझाते हुए कहा हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ध्रुव मैं महसूस कर सकता हूँ कि आग शक्ति ट्रेनिंग टावर में छिपी दिल बहार दिव्य रोशनी पिछले कुछ वक्त में काफी ताकतवर हो गई है मुझे डर है कि जिस बगावत का जिक्र मैंने किया था वो शायद बहुत करीब है जिस वक्त वो दिव्य रोशनी बगावत करेगी वो ही मौका हमारे लिए सबसे अच्छा होगा उसे हासिल करने का हमें किसी भी हाल में उस दिव्य को अपने हाथों से फिसलने नहीं देना है क्योंकि अगर हमने इस बार उस दिव्य को हासिल नहीं किया फिर तो अगली बार हमारे लिए ऐसा करना दस गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इसलिए हमें जल्द से जल्द पिल करनी होगी आचार्य की बातों में छिपी फिक्रचार्यूंगा जल्द, जल्द बन सके इस पर आचार्य ने हंसते हुए ध्रुव का हौसला बढ़ाने की कोशिश की ध्रुव तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है अगर हमें किसी से वो तिलसमी पत्थर नहीं मिला तो हम जाकर पहाड़ों में लगे जंगल में रैंक छह का तिलस्मी जानवर ढूंढ सकते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता की इतने बड़े जंगल में एक रैंक छह का तलस्मी जानवर ना हो वहीं आचार्य की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा लेकिन उसकी फिक्र अभी भी कम नहीं हुई थी दरअसल ध्रुव जानता था कि पहाड़ से लगे जंगलों में कोई ना कोई रैंक छह का तलस्मी जानवर तो होता मगर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस जानवर का शिकार कर उससे तलस्मी पत्थर कैसे हासिल कर सकता था और अगर उसने आचार्य विदुर की मदद ली उस जानवर को मारने में फिर तो पूरे इलाके में हंगामा मच जाएगा इस हंगामे से अंदरूनी हिस्से के सभी बुजुर्गों को आचार्य विदुर के बारे में खबर हो जाएगी और तब ध्रुव बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा यही सोचकर ध्रुव भरने लगा। वो जानता था कि फिलहाल वो सिर्फ इन परेशानियों को छुपा सकता था इसलिए इस अपनी जादुई कढ़ाई स्टोरेज अंगूठी के अंदर डाली और खुद को गोली बनाने की शाबाशी दी ऐसा करते ही वो उठकर उस बड़े से कमरे से बाहर निकलने लगा इस दौरान बुजुर्ग डाबरा भी चैनी में लगातार अपनी घड़ी देखे जा रहे थे कि तभी उन्हें ध्रुव बाहर आता हुआ दिखाई दिया उसे देखकर बुजुर्ग डाबरा तुरंत खड़े हो गए और उन्होंने हड़बड़ा कर ध्रुव से सवाल किया क्या तुम दवा बनाने में कामयाब रहे जाहिर सी बात है कि बुजुर्ग डाबरा चित्रा जानते थे कि रैंक की दवा को बनाते वक्त कामयाब होने के चांसेस कितने कम होते थे वही उनका सवाल सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब दिया बुजुर्ग डाबरा वैसे तो मैं पहली बार नाकाम रहा था लेकिन दूसरी बार में मैंने आपके लिए दवा तैयार कर ही दी इतना कहकर ध्रुव ने तुरंत अपने पास से वो बोतल निकाली जिसमें उसने ड्रैगन स्ट्रेंथ बिल रखी थी फिर उसने वो बोतल बुजुर्ग डाबरा के सामने रखी टेबल पर रख दी उसे ऐसा करता देख बुजुर्ग डाबरा ने गोली निकालते हुए काबिलियत है ध्रुव यू ही नहीं तुम्हारे पास दिव्य रोशनी जैसी अनोखी चीज है वही बुजुर्ग डाबरा के चेहरे की खुशी देखकर ध्रुव की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई इतने में बुजुर्ग ने वो ड्रैगन स्ट्रेंथ बिल अपने ध्रुव से कहा अब जो ने तो मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में ध्रुप से आगे कहा अगर आगे कभी तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत पड़े तो तुम बेजिझक मेरे पास चले आना लेकिन हाँ कीमत भूलना की उसके बदले तो मुझसे सौदा करना होगा और बुजुर्ग की बात सुनते ही ध्रुव ने दिया। क्या? एक और करते हैं इतना कहकर ध्रुव मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगा लेकिन उसके पहले ध्रुव ने कुछ सोचते हुए बुजुर्ग डाबरा से कहा बुजुर्ग डाबरा वैसे मुझे जल्द से जल्द एक खास चीज की तलाश है क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं इसके बदले आप जो दवा कहेंगे वो मैं आपको बनाकर देने की कोशिश करूंगा वही ध्रुव के मुंह से अच्छा, तो बताया दरअसल मुझे एक रैंग छ का जलमूल शक्ति का तिलस्मी पत्थर चाहिए और जैसे ध्रुव ने यह कहा तो उसने देखा कि कैसे बुजुर्ग डाबरा का चेहरा ही बदल गया क्या रैंग छ का तिलसमी पत्थर लेकिन तुम्हें इतने हाई रैंक का तिलस्मी पत्थर क्यों चाहिए और मेरी मौजूदा तो ढूंढने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अफसोस है की हमारे बीच ये सौदा नहीं हो पाएगा ये कहते वक्त बुजुर्ग डाबरा को सच में अफसोस हो रहा था लेकिन इसके साथ ही उनके माथे पर पसीना भी आने लगा था उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर इस लड़के को ऐसी अजीब गरीब चीजें ही क्यूँ चाहिए होती थी क्या ध्रुव ने सोचा कि रैंग छह का तलसमी पत्थर कोई मामूली चीज थी जो बुजुर्ग देख कर और फिर जाते हुए से है डाबरा, अब जो की आपके पास वो चीज है ही नहीं, तो हम के बारे में भूल ही जाते हैं मैं भी कहा आपके लिए खास दवाइया बनाने के बारे में सोचने लगा था इतना कहकर ध्रुव वहां से जाने लगा लेकिन उसे देखकर बुजुर्ग डाबरा ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अचानक से उसे रोकते हुए कहा आ, रुको ध्रुव, देखो मैं जानता हूं कि मेरे पास का शक्ति का पत्थर है, जो उन्हें से मिल गया था उनकी किस्मत के तो सच में क्या कहने और बुजुर्ग की बात सुनते ही अचानक से ध्रुव के कदम थम गए और उसने तुरंत खुशी के मारे पलट कर बुजुर्ग डाबरा से कहा बुजुर्ग डाबरा क्या सच में ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जिनके पास रैंक छह का तलस्मी पत्थर है देखिए अगर आप मुझे उनके बारे में बता देते हैं, तो वो तलस्मी पत्थर मिलने पर मैं आपके फायदे के बारे में बुजुर्ग डाबरा ने हाथ लहराते हुए उसे चलने का इशारा किया और चलते चलते ध्रुव को बताया तुम्हें तो इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है ध्रुव वो बुजुर्ग बहुत ही ज्यादा खड़ूस है मुझे याद है कि बहुत वक्त पहले उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर पहले से जख्मी रैंग छह के तलसमी जानवर को मार दिया था इसके पीछे सच में उनकी किस्मत अगर तुम सच में उस इंसान से वो तलस्मी पत्थर पाना चाहते हो तो उसके बदले तुम्हें कोई ऐसी चीज देनी होगी जिसकी उन्हें जरूरत है नहीं तो चाहे तुम्हारे जीने मरने की बात क्यों ना हो वो बुजुर्ग तुम्हे कुछ नहीं देने वाले चलो अब मेरे पीछे आओ इतना कहकर वो दरवाजे से बाहर निकल गए और ध्रुव हड़बड़ाते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगासमी जल्द जल्द पत्थर हासिल करना था वो उसे हासिल करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था तो क्या ध्रुव हासिल कर पाएगा खड़ूस बुजुर्ग से रैंक छह का जल शक्ति वाला तिलस्मी पत्थर जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योथ था नूनली आर जरिवंश के साथ सिर्फ पॉकेट एफ एम्पर